अरे जी किधर चलती है नए कपड़े पहन के बेटे तुम भी तैयार हो फटाफट आज चलते हैं तुम्हारे घर तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बहुत शिकायतें रहती हैं। आते नहीं आते नहीं आज उनकी शिकायत ही दूर करके आएंगे ये तो बहुत अच्छी बात है भूपा जी चलो चलो चलना है यार अरे पापा तुम यह कहते है हम तो खुद घर को आ रहे थे अभी भी आ रहे घर को. अरे बेटे तुम्हारी और तुम्हारी भूबी की इस कदर याद आई ना कि मैं भी एक महीने के लिए आ गया यहाँ पर एक महीना पापा जब बच्चों ने इतनी बुरी हालत कर दी तो बाप क्या करेगा तो तो दिया <laughs> तो क्या हो गया भाई साहब मौत हो गई अंदर अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एक्टिंग तो ढंग से कर लग रहे हैं यार अब देख मुझे देख <laughs> बहुत ही बढ़िया बढ़िया आदमी थे भाई साहब बहुत है ये। <laughs> अम्मा <थे> इनकी <laughs> हेलो भाई साहब मैं कह रही था खाने में क्या करवाया छोले पूरे छोले पूड़ी तो भाई साहब खाता ही रहू मैं मेरे चिकन का कोरमा और रोटी कौन सी खा वो तो बता दे भाई को मेरे लिए तो रुमाली वाली ले लियो। रुमाली ले लियो लियो भाई साहब और दो तंदूरी में तीन रोटी जल्दी करवा दियो बहुत बहुत अच्छी अच्छी औरत औरत थी थी यार ये बहुत अच्छी <laughs> <laughs> <laughs> क्या बदतमीजी है बदतमी जी जाएगी बदतमी जी आ रही तो कर दिया तुम्हारे तो बस की ना तो तुम्हें बदतमीजी तो लगेगी ओ हो मुझे हल्के में लेरिया है अब तू देख बाबू का आतंक